पहली बैटिंग मेरी पहली बैटिंग मेरी मेरी मेरी मैंने फ्यू मोमेंट्स रूल ऐसा है कि इधर से मारेंगे अगर इस वाली बॉल वाल पे टच होगी तो चौका है छक्का चौका, चौका। चौक, चौक, चौका नहीं है तेज निवारली हाँ, चौका चौका है अभी मजा आएगा ना भिड़ो वन टिप भी है कैच भी है कहीं नीचे गई आउट है आउट है बिना टप्पा खाए सीधा इधर छत पे गई आउट तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं तो वैस मैं आपको हमारी विकेट दिखाता हूं ये देखो कितनी बड़ी विकेट बना रखी है यहां से लेके यहां तक मजा नहीं आ रहा है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया